तकदा तू पता नहीं बहुत शक्ति है समान लिए बगैर नस्ली स्वार्थ भीम प्रबलित दिस्ती जलवायल तो तू न शक्ति है वैक्टर कामला ट्रक न जात ट्रक आसान फिर तो इस लॉबस्टर लगाया